हेलो फ्रेंड्स देखिए वाई यू व्हाट्सएप की थीम्स कैसे चेंज करते हैं तो देखिए मेरा चैनल में नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकलली और हेलो फ्रेंड्स मैं आज एप्लीकेशन में व्हाट्सएप की थीम्स लेकर आया हूं जो व्हाट्सएप की थीम्स बदलते के वाई-फाई WhatsApp तो देख लीजिए वाई-फाई किचन किचन करके और चला पा रहे हैं ये करके मैं दिखाऊंगी तो देख लीजिए उन्होंने वाई-फाई WhatsApp और अपन से जो ना पूछ रहा हमें वाई-फाई अच्छी चीज दे दे ये तो अभी के बाद में यूट्यूब नंबर में है यूट्यूब्यूब पहला नंबर है डाउनलोड कर बाद में देखिए इसके जो डाउनलोड करके अपने मोबाइल के ऊपर हैं। मेरे तरह वीडियो के लिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो लगे तो लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ